जब सड़क पे तुम जा रहे हो और एक छोटी सी बच्ची ने दो लाठियां लगा रखी उस पे एक रस्सी बांध रखी और उर उर उर उर उर उर उर है और रस्सी में चल रही है डंडा लेके लोग खड़े होकर देखते रहते हैं दे, मन मना मनाते रहते भगवान गिर जाए गिर गिर जाए, जाए, भैया और अगर वो नहीं गिरती, पूरा क्रॉस कर जाती तो लो ताली रहेंगे निकल जाते बहुत बढ़िया हम तो जानते थे जब तब कला बन जाओगे तो ऐसे पचास लोग आपके घर आएंगे जो कहेंगे हम तो बचपन में जब तुम पैदा हो गए तभी तुम्हारे वापस क्या इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है तो बनेगा जब तुम जीतोगे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ जब तुम हारोगे तब तुम अकेले हो और उसी अकेले में तुम्हारी हिम्मत की पहचान है उसी अकेलेपन में तुम्हारे साहस की पहचान है वहीं तुम अगर अपनी हिम्मत और साहस को समेट ले गए फिर तो जब तुम अकेले हो जब तुम्हारे साथ कोई नहीं है उसी वक्त तुम्हारे असली ताकत की पहचान है